किधर था मैं? मैं मेरे कुछ नहीं पता। पता पुलिस लगा रही। पेपर पहले में, का कोर्स अब तो मिलता ही रहे दिख रहा होगा क्योंकि अलग है तो यार इसलिए छोटी सी वीडियो अब ये है की बस जो आई की और एक चीज 57 ऑफ पीपल आर नॉट सब्स अगर मैं नहीं कर रखा तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब करो क्योंकि ये कंटेंट है तब और अच्छा हुए वाला है थोड़े समय में और भी अच्छा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब अभी जो सब्सक्राइब का बटन है दबाने से अच्छे से दबाना ठीक है और तो so, yeah, अभी इसको एडिट करके मैं जल्दी से जल्दी डाने के ट्राई करूंगा प्रीमियर प्रो खुला हो है और जब yeah, सोप so, हमने बड़े समय से बोला नहीं है बोल के भी अच्छा लगेगा हमें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो में ऐसा बताऊ मुझे ठीक है और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में पता नहीं कहा है बार <laughs> <bro. laughs> <laughs> <laughs>